सुरे वचन सुनाता जाऊंगा, गीत तेरे नित गाता जाऊंगा, ये सुटेरे वचन सुनाता जाऊंगा, गीत तेरे नित गाता जाऊंगा, चाहे जग मुझे रोके कोई मुझे टोके चाहे जग मुझे रोके कोई मुझे टोके मैं तो गीत तेरे नित गाता जाऊंगा। ये तेरे वचन सुनाता जाऊंगा जब जब देखूं ये आकाश बादल बिजली और बरसा जब जब देखूं ये आकाश बादल इसलिए तेरे गुण गाता जाऊंगा महिमा के वचन सुनाता जाऊंगा गीत तेरे नित गाता जाऊंगा यीशु तेरे वचन सुनाता जाऊंगा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 जैसे बसे खुशबू मन में मेरे तू ही तू फूलों में जैसे बसे खुशबू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 यीशु तेरे वचन सुनाता जाऊंगा यीशु तेरे वचन सुनाता जाऊंगा